आपने एक पे पहला निकाल लिया। पहला निकाली है? ओपन तो इस तरीके से हाथों में उन्होंने अब मवी अपने आपको रूफटॉप के ऊपर रख रहे थे उनके पास एक मौका था कि चलिए उस आने वाली वेहीकल पर वो कुछ थोड़ा डैमेज कर सके बट अभी के लिए ग्रेनेड का वो इस्तेमाल तो कर रहे सकता रहे है कोई कोई प्लेयर एक दरवाजे के के करके बैठा बैठा हो, हो, एडवांटेज साथ जो बिना बढ़ रहे थे उन्हें तीनों की अलग अलग पोजिशन एक गलती करी इंस्टेंटली बनिशे बात करें अभी के तो गौटलाई के चौदन काफी बड़ी उनके तरफ से भी बहुत बड़िया वैल्यू निकाली बचा के बाद इस बार एश वो आगे बढ़कर गए वही पीछे रहने वाले विस गॉड उन्हें गिराया जाए गॉड के द्वारा यानी अब यहाँ से टू बी फोर सिचुएशन हम देखने वाले टू बी फोर गेम हम देखने वाले टीम गौटलाई की तरफ से और ये टू बी फोर निकालने में अगर टीम गोडलाई कामयाब हो जाती है मुझे लगता है इससे बेहतर आज के दिन हम और कुछ भी विटनेस नहीं करने वाले जी गॉर्ड वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उन्हें कौन, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है उन्होंने अभी अभी एक नॉक निकाला है एश जो कि करीब आ चुके हैं टीम गॉड लाइक के उन्हें शायद अब कुछ ग्रेड का सामना करना पड़े ओ। बात करेंगे हम यहां पर वर्ल्ड के तो देखिए डैमेज काफी ज्यादा दिया गया और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे एक ग्रेनेड इनकी तरफ से जा रहा है तक काफी देर से हम इसी एरिया को देख रहे हैं काफी देर से हम देख रहे हैं इसी एर में बहुत सारी फाइट्स हो रही है वो एक अच्छा कनेक्शन ढूंढेगा ओपनिंग बची सी गॉड वोट के आगे मूव कर जाता है मिल चुका है और नॉकआउट करेंगे दो फ्रिशे नहीं बुनूंगा बट एक फ्रिश तो आप सामने पड़ा हुआ है बड़े आराम से कह लेकिन इतना आप मुश्किल है ना मुमकिन नहीं हो रही वो प्लेयर है जो कि क्लचेस कर दिखाता पूरी टीम को इस अकेले खिलाड़ी ने यहां से किया फिर जस्ट काउंटेड द स्टॉफ जीरो नेक्ले को डाउन की तरफ किया बाकी बचे तीन प्लेयर्स जो तक के हाथ से नहीं बच पाए